गाइज मैंने यहाँ पे तीन से चार गेम मेरे ख्याल से खेले होगी कस्टम मतलब कस्टम नहीं ये सीएस रैंक मैच की वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी और गाइज यहाँ पे मैंने ओपिक तरीके से एक बंदे को क्या ही हेड मारा है मतलब हेड नहीं बॉडी शॉट से डैमेज दिया है और उस बंदे ने मेरे को मतलब मतलब काफ़ी ज़्यादा डैमेज अच्छा दिया है इसको मैंने यहाँ पर पूरा मतलब पूरा का पूरा किल कन्फर्म किया और यहाँ पर मैं हम मतलब हम जीत चुके दो राउंड और यहाँ पर दवाही चल रही है आप देख सकते होते हो नॉक किया दो को दो को भी नॉक कर दिए यहाँ पे दो बंदे को और मेरे को यहाँ पे मैडी मारनी पड़ेगी वैसे तो गई जिस वाले वीडियो में जो खेल मोमेंट है मैं मैं उसमें क्या ही खेल खेल रहा हूँ और मैंने यहाँ पे क्या ही मतलब बड़ी अच्छी तरीके से फील किए और इसको भी मार दिया रुको रुको रुको गया भाग गया भाग गया अरे वाह भाई वाह यहाँ पे युक्ति हो चुके हैं तीन राउंड के साथ ओके गए तो यहाँ पे चौथा राउंड शुरू हो चुका है और मेरे पास है यहाँ पे पैराफेल और ये कौन सी गाने एम पी वाह भाई वाह इसको इस बंदे को मैंने अच्छा धोया यहाँ पे एक रेडमी मारा है अरे अरे मेरे ख्याल से जो कंटेनर है उसके पीछे ही बंदा होना चाहिए जो वो वाला कंटेनर है वहाँ पे दो बंदे एक को नॉक कर दिया हमारे टीममेट ने ओके ओके मैं यहाँ से जाता हूँ आगे से रेस्ट करने की ट्राई करता हूँ पीछे की साइड से अरे एक बंदा भागने की ट्राई कर रहा है यार ये चिमकानी है क्या इसको मैंने बड़ी अच्छी तरीके से हेडसेट मारा है इसको मैं यहाँ पे पूरा खत्म करता हूँ और मेरे वाले बंदों को भी मैं यहाँ पे सेल्फी ले लेता हूँ क्या कि मेरे को पता चले कि मैंने इस बंदे को मारा था कोई बात नहीं चलो इसकी सेल्फ़ी ले लेता है और इसको पूरा खत्म कर देते हैं यहाँ पर अभी एक ही बंदा बचा हुआ है बहरा बहरा बहरा बिड़ू मेरे ख्याल से जो ऊपर है वो है ना माफिया भाई लड़ रहे हैं ना वहाँ पर होना चाहिए बंदा ओके ओके ओके तो वैसे आप यहाँ तक हमारा वीडियो देख रहे हो और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ सबसे पहले आपको लाइक करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ फिर बाजू में जो लाल वाला सब्सक्राइब का बटन है आपको वो दबाना है फिर उसके बाजू में जो बेल वाला आइकन है आपको वो दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेट कर देना है जिससे क्या होगा मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा उसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आएगी और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकते होगा इस ये कितनी ऑफी बात है ना तो फिलहाल तो हम गेम में वापस आ जाते हैं जा, आ जाते हैं और यहाँ पे ऊपर बंदे और मैंने उसको क्या ही नॉक किया है वाह भाई वाह बॉडी शॉट से नॉक किया है, लेकिन नॉक बड़ा अच्छा किया है। और मेरे ख्याल से वो रिवाइव हो जाएगा यार वहाँ पर जो गैप है ना मतलब वो नीचे जाने का रास्ता ना वहाँ से वो नीचे चला गया होगा बंदा कोई बात नहीं चलोगा इस यहाँ पे तीसरा राउंड शुरू हो चुका है दूसरी मैच का ये दूसरी तीसरी मैच होगी और इसमें मैंने क्या ही एक बंदे को एड मारे आप देखो और और यहाँ पे रस हुआ माफिया भाई मारे पे लेकिन माफिया भाई क्या ही प्रो है ओ भाई भाई क्या ही ऐड है देखो गई मैंने वाह भाई वाह तो अभी मेरे ख्याल से एक ही बंदा बचा होगा और वो मेरे ख्याल से ये वाला कंटेनर ना उसके पीछे ही है हाँ गई से उसके पीछे मेरे को बड़ा अच्छा डैमेज दिया उसने और यहाँ पर मैं ओपी तरीके से रस करता हुआ वाह भाई वाह क्या ही तील निकाला है मैंने इसका वाह भाई वाह थ्री जीरो मैं देखो लगता है हम थ्री जीरो से हरेगे क्या इन बंदों को ओह भाई साहब तो बैस यहां पे के बड़ा के, बड़ा भड़ाके भड़ाकेदार सिचुएशन होने वाली है और मैं यहां पे हुक्म बनके फिर घूम फिर रहा हूं और एक बंदा मेरे पीछे लगा लगाए रुको रुको रुको मेरे ख्याल से वो इस साइड से आएगा आगे से अरे अरे, अरे MP40 का क्या ही एडसोर वाह वाह उसको मैं यहां पे पूरा खत्म करता हूँ ये बंदे के रूप में बंदी है यार क्या गो सब मतलब क्या ही बोलना छोड़ो यार वो मैं नहीं बोलना चाहता और और रुको रुको यहाँ पे ऊपर की साइड दो बंदे मेरे को यहाँ पे ग्रेनेड डालना पड़ेगा अरे अरे अरे एक बंदा नॉक चलो गाइज ये मैंने बड़े अच्छा कनेक्ट डाला यहाँ पे कुक करके वैसे तो गैज आप इस टाइप के वीडियो आप कैसा लगा मतलब आप इस टाइप के वीडियो देखना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो मैं इस टाइप के वीडियो बना लूँगा और गाइज आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बता सकते हो गाइज और गाइज हाथ क्लेसोड में कौन से रैंक पे वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हो गाइज़ वैसे तो फिलहाल तो गाइज मैं यहाँ पर डायमंड थ्री में हूँ और वो तो बात की बात है और ये देखो गैज हमने चार जीरो से हरा दिया और यहाँ पर तीसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है और मैं यहाँ पे देखो ये G18 गन से तीन बंदों को क्या ही मैं मारता हूँ आप देखो खाली रुको रुको अरे बंदे लोग किधर है ये राह ये यहाँ पे बंदी है बंदे के रूप में बंदी है, बंदा है। कोई बात नहीं चलो यहाँ पे हुम बन चुका है और एक बंदी के नॉक किया यहाँ पे मैंने और और अरे यार बुके से मार दिया मेरे को लेकिन मेरी टीम भी बहुत ही प्रो है यार मेरे को यहाँ पे रिवा मिल जाएगा वाह बह वैसे तो गैस मैं यहाँ पे अश्वत्थ थामा हूँ गिल्ड का मैं लीडर हूँ वाह बही वाह वैसे तो मैं ऐसा कैसे मर सकता हूँ मेरा नाम ही अश्वद है मतलब मेरे गिल्ड का नाम अश्वद है और हाँ गैस आप हमारे गिल्ड में आना चाहते हो तो तो आ सकते हो मैं डिस्क्रिप्शन में जो गिल्ड का आईडी है ना मतलब जो गिल्ड का आईडी नंबर होता है वो मैं दे दूंगा हम आ सकते हो गैस वैसा कुछ भी नहीं हम सबके साथ खेले हमें ऐसा कुछ भी नहीं हम सबके साथ खेलते हैं और यहाँ पे लास्ट बंदा बचा है इसको मेरे को मारना होगा गैस लेकिन कोई बात नहीं मेरे यहाँ पे बोले सबसे इसको मारा है वाह भाई वाह और यहाँ पर मैंने तीन गिल कर दिए ओ हो से तीन गिल और यहाँ पे हो चुका है चौथा राउंड शुरू और मेरे पास है यहाँ पे ओनली एम फाइव गन इसको मेरे को मारना पड़ेगा मानना पड़ेगा बड़ी लेकिन वाह भाई वाह एक सौ बत्तीस का मैंनेट मारा है यहाँ पर और मेरी एच देखो देखोगा पांच ही पांच एच है या वन मेरे को खुद कोई पता नहीं एक को एड शोट मारा बढ़िया अच्छी तरीके से मेरे को यहाँ पे मेडिक मारनी पड़ेगी और मेरा बंदा यहाँ पे नोक हो गया अरे यार कोई बात चलो मेरा दूसरा बंदा भी नोक हो गया इसको मैं एडसोट मारूंगा रुको ये बंदे वाले को मैं हेडसोट मारूंगा ओ भाई साहब क्या ही आज मारा इस गेस्ट कपड़े वाले को मैं ऐसा बोलना चाह रहा था लेकिन मेरे मुंह से थोड़ी जुबान इस्तेमाल मतलब इधर उधर होगी वो चलेला ना आप थोड़ी ओके इसको मैंने मतलब दो बंदे को एक वक्त मैंने क्या ही मारा है ओ भाई साहब मतलब एम फाइव आज मैं ओ चला रहा हूँ यार एकदम ज़रद चला रहा हूँ ओके यहाँ पर हो चुका है लास्ट राउंड शुरू मतलब तीसरा या चौथा मैच है ये मेरे ख्याल से चौथा मैच शुरू हो चुका है और मेरे पास ही यहाँ पर पैरा एक बंदो को मैंने क्या ही धोया है वाह भाई वाह और डबल डोर में या मतलब डबल डोर में एक बंदा है मतलब दो बंदा वहां है वहाँ पर और उसके पीछे जो मल्टी विंडो है मतलब मल्टी विंडो किसे बोलेंगे हाँ लकड़ी वाला जो मल्टी विंडो मल्टी विंडो है ना वहाँ पे है ओके ओके वाह भाई वाह इसको अच्छा धोया लेकिन मेरा किल चला गया यार कोई बात नहीं चलो मेरा माफिया भाई यहाँ पे नॉक पड़ा है इसको कि देवाई दो यार इसका मैं क्ल कन्फर्म यहाँ पर करता हूँ एक बंदा बाहर खिड़की में से हमको मारने की ट्राई करा है लेकिन हम भी थामा गिर के लीडर हम ऐसे थरूर मर सकते हैं इसको मैं यहाँ पे छेद में से एड अब देखो अरे अरे ओ भाई साहब क्या ऐड मारा ये तीन का एड था मेरे ख्याल से हाँ उतना ही होगा और एक बंदा यहाँ पे ओपनली भाग रहा है इसको मैं क्या ही नॉक करूँगा रुको रुको रुको बॉडी शोर से नॉक यहाँ पे मेरे को भी अच्छा डैमेज दिया उस बंदे ने लेकिन हमें यहाँ पर अस्वस्थ था और मैंने यहाँ पर किर दी है तीन किल वाह भाई वाह क्या ही मैंने मतलब दो कील की फिलहाल तो ओके मेरे को यहाँ पर मेडी मारनी पड़ेगी मैं ओपनली मेडी मार रहा हूँ यार वाह भाई वाह एक ही बंदा बचा है इसलिए मेरे को टेंशन नहीं है अभी वो मेरे ख्याल से इस वाले घर में होगा लेकिन वो मैं मार चुका हूँ ओके तो यहाँ पे दूसरा राउंड शुरू हो चुका है और दोनों टीम या दोनों टीम का स्कोर यहाँ पे बराबर है टू टू और मेरे पास है यहाँ पे हेडकट्टा मतलब कट्टा नहीं है एम एटी एटी सेवन इसका यही नाम है ना और एक पैराफेल और एक बंदा यहाँ हमारा नोट भी हो गया अरे यार, यार। आ, मेरे ख्याल से ऊपर ही बंदा चढ़ा और एक बंदा पीछे से घूम के आना चाहिए था और आएगा अभी वो देखो आप अभी अरे अरे इसने बॉल लगा ली मतलब अच्छा डैमेज दिया होगा इसको मैं यहाँ पे ऊपर ग्रैंड रहने की लिए ट्राई करूँ ये अरे पीछे से बंदा आ गया मेरे अरे यार मेरी वॉल वॉल वॉल मेरे को पैक होना पड़ा है जल्दी से जल्दी पैक होना पड़ेगा रुको रुको मैं यहाँ से मैं यहाँ पे जल्दी से जल्दी मेडिकेट मार लेता हूँ और दो बंदों को मैं क्या ही मारता हूँ एम से एम ही ना है ना हाँ वही होगा ओके ओके हमारा माफिया भाई यहाँ पे नॉक और मैं यहाँ पे ओपी तरीके से रेस्ट करता हुआ एक बंदे को नॉक मतलब अभी हमारे मतलब अभी माफिया भाई को मैं रिवाइ देता हूँ जल्दी से जल्दी रुको रुको और अब एक ही बंदा बचा है और बन के आ रहा है गाइस क्या क्या मैं इसको मार दिया वाह वाह वाह भाई भाई की तरीके से मैंने पे वाह और मैं यहाँ पे बंजा को तीसरा राउंड क्या कैम तो गैस अगर आपका आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करे सब्सक्राइब भी जरूर करे हमारे वीडियो को तब तक के लिए बाय बाय गाइस